अरे मम्मी चुड़ैल घर में चुड़ाल आ गई। अरे क्या हुआ पिंकी क्यों चिल्ला रही है आ, अरे मम्मी चुड़ाल है वहाँ चुड़ाल है उस कमरे में अरे पिंकी तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अपने घर में चुड़ैल कहाँ से आ जाएगी अरे मम्मी मैं सच बोल रही हूँ उस कमरे में चुड़ाल है मैंने खुद देखा अरे डर पोक चल दिखा है चुड़ैल हाँ चलो मम्मी एक मिनट रुक जा अपना हथियार ले लू चल अब दिखा मेरे को कहा है चुड़ैल मम्मी इस कमरे में है अरे पिंकी कहाँ है चुड़ैल मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही अरे मम्मी इसी कमरे में थी अरे चुड़ैल कहाँ चली गई तू डर गई क्या अरे लगता है आ गई पिंकी अभी डराता हूँ उसको मम्मी ये रही चुड़ैल रुक जा अभी सबक सिखाती है उसको आ, अरे मम्मी मैं हूँ मैं चिंतू अरे चिन्पू।